पुणे मैं इस कॉलेज का सबसे स्मार्ट स्टाइलिश और लवेबल बंदा। मुझसे हर लड़की प्यार करना चाहती हूँ मेरी जीएफ बनना चाहती है और मेरे साथ इसको मैं जाना चाहती हूँ पर मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ काजोल अरे एक्ट्रेस काजोल नहीं मेरे कॉलेज की लड़की है और मेरे खाको की मल्लिका बहुत सुंदर है इसके सामने ना ऐश्वर्या राय भी फेल है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ हम दोनों साथ साथ लंबा समय बीताते मैं उसके साथ शादी भी करूँगा और बच्चे भी